आज हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप से इट की तरह आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये मोबाइल के साथ साथ विंडो कंप्यूटर में भी काम करती है तो चलिए हम आपको बताते हैं ये किस प्रकार से काम करेगी इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है गूगल फाइल ये गूगल की ही एक एप्लीकेशन है जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट काम करने वाली है तो इसको आप अपने हैंडसेट में जो है डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से नज़र आएगी सेंड और रिसीव और इसमें सेंड या रिसीव आप कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन है क्लीन का है ब्राउज़र है सैर है तो आप इसमें अगर क्लीन करना चाहें तो क्लीन भी कर सकते हैं जंक फाइल वगैरह इस पे क्लीन हो जाएगी और इसके साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो आपको एक हैंडसेट पे, जिससे आप भेजना चाहते हैं उससे आपको सेंड करना है सेंड करने के बाद तो मान लीजिए एक पीडीएफ फ़ाइल हमको शेयर करना है तो इसको आप सेंड करें सेंड करने के बाद इस तरीके से नज़र आएगी और इसके बाद दूसरे हैंडसेट पे आपको रिसीव करना है तो जब रिसीव करेंगे तो इस तरह से ये नज़र आएगा और आप देख सकते हैं जिस सेंट से आप भेज रहे हैं उस सेंड पे आपका सेट का नाम आ जाएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और दूसरे हैंडसेट पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही तेज़ी के साथ डाउनलोड कर देगी पीडीएफ फ़ाइल भेजने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसकी कुछ और सर्विस भी है जो बहुत ही अच्छी है इस पे आपको क्लीन पे आना है वो क्लीन पे आने के बाद आप देख सकते हैं आप अपना इंटरनल मेमोरी कितने परसेंट यूज़ है और कितने परसेंट बाकी है तो इस पे आप ये देख सकते हैं आप अपना मेमोरी का हिसाब किताब भी में देख सकते हैं बारह जी बी सड़सठ जी सोलह जी जो भी है आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी भरी हुई है और कितनी खाली है उसके बाद आप यहाँ पे डिलीट लार फाइल आप देख सकते हैं जो आपकी फ़ाइल जो ज़्यादा एम की है बड़ी हैं इस पर आप यहाँ पर आ करके डिलेट कर सकते हैं अन यूज़ इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं हो रही है हैंडसेट पे जो कि खाली बैटरी पी रही है तो आप उसको अनंस्टॉल भी यहां से कर सकते हैं इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं डिलीट बीजी व्हाट्सएप मीडिया अगर आपके व्हाट्सएप के कोई भी हैं फाइलें हैं तो आप उसको डिलेट कर सकते हैं ब्राउज़र अब आप यहाँ पर ब्राउज़र पर आ के देख सकते हैं कि डाउनलोड पे आपने जितना भी डाउनलोड कर रखा होगा सेट के डाउनलोड मेमोरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल आपको निकल करके आ जाएगी डाउनलोडिंग पे कितना है और आल आपका कितना है इस पर आप देख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं उसके बाद इमेज पे आप आ जाइए इमेज पे आप देख सकते हैं पिक्चर इस्क्रीन शॉट फाइल रेटरिक पी जो भी है आप इसमें चाहें अपने मनपसंद के हिसाब से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या रख सकते हैं इसके बाद आर है डॉक्यूमेंट अदर एप्लीकेशन है आप इसमें एप्लीकेशन भी इंस्टॉल भी कर सकते हैं अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से ए फाइल वगैरह हैं वो भी देख सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों